अरे बगियान बोलते कोई लिया माँ चैत महीनामा बगियान बोलते कोई लिया माँ चैत महीनामा सब न बोले कोईलर हो तो न नराबा सब बोले पैलर हो तराबा हो तो भी नराबा हो तो भी नगे का हे बोले आ राम चैत महीना महीना बगिया में बोले तो बहिला बो राम चैसा महीना चैसा महीनाओ चै का महीना चैसा महीनाओ चै का महिला बगिया में बगिया में बोल कोई बहली आओ रामा चित महीना बबिया बिहान कोयला छोटा बाबू जरा बोके बिहान कोयला छोटा बाबू जर बऊ आरे जड़ी से सखे ब ग बगिओ रामा चैत महीनामा बगिया में बोल तो कोई ली आओ रामा चैत महीनाओ बगिया में बोले ते कोई दी न बोले कोई लड़ा हो तो भी नाराबा तब दी न बोले कोई हो तो भी नवा उत भी नाराबा हो तो भी नबा उत भी नारा हो तो भी नबा ज चाहे बोल रदी रिया रामा चैतन महीनामा बगया में बोल तो कोई लिया रामा चैतन महीनामा सुतल बोल मुँह चगवा रामा चैतन महीनामा बगिया में भोल तो कोई नहीं आओ। रामा महीना हो महीनावाओ च महीनावा चा महीनाओ च महीना बढ़िया में बोल तो कोई लामा चैत महीना बलिया में बोल तो कोह लो रामा चित महीना बलिया में बोला तो कोई आओ रामा चैता महीना